अलल एलान ये एलान सुबह शाम करते हैं वल एलान ये ऐलान सुबह शाम है। करते हैं सुबह शाम करते हैं अल एलान अल ए शाम करते हैं हम अपनी जिंदगी खा के वतन के नाम करते हैं जिन्दा जिंदगी खा वतन के नाम करते हैं हम अपनी जिंदगी खा वतन के नाम करते हैं जवाना ने वतन की शानो अजमत को सलामी दो जवाना ने वतन की शानो अजमत को सलामी दो जवाना ने जवाना ने तन की शाह नो को सलामी दो ये जब सरहद पे होते हैं तो हम आराम करते हैं ये जब सरहद पे है। होते हैं तो हम आराम करते हैं तिरंगा हम तेरी अजमत कभी घटने नहीं देंगे तिरंगा हम तेरी अजमत कभी घटने नहीं देंगे कोई भी अंग हो भारत का अब कटने नहीं देंगे कोई भी अंग हो भारत का अब कटने नहीं देंगे कसम खा कर ये कल ये कहते हैं सभी हिन्दोसता वाले अब अपने मुल्क को दोबारा बने जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद दोबार रटने नहीं देंगे हमारी बहने और हमारे बहने बैठो भी है मैं चार मिन्र और यहाँ से उत्तर तो समातों के हवाले करूँगी अतः हो स्वागत है की हमारा पेट भरने के लिए खुद भूखी रहती है हमारा पेट भरने के लिए खुद भूखी रहती है वो माँ की ज़ात है जो हर मुसीबत सहती रहती है वो माँ की ज़ात है जो हर मुसीबत सहती रहती है दुआए खैर ही खैर ही बच्चों के हक में करती रहती है अगर मां सो भी जाती है तो ममता जगती रहती है अगर माँ सोती रहती तो ममता जगती रहती है ममता ममता जगती जगती रहती है। जगती रहती है है हैं बहुत पढ़ रहे हैं भाई वाह वाह वाह वाह मैंने दूसरे दो दो आ, सानी मिसरे में क्या बात स्वागत है आखिरी दो मिसरे में मैंने श्री राम जी के सीरत को सामने रखकर इशारे में बात की है आ, मैं चाहूंगा कि मोहब्बतों से आप समान बेकार की बातों में है बेकार की बातों में विश्वास है विश्वास नहीं करते हैं विश्वास नहीं करते बेकार की बातों में विश्वास नहीं करते हम शायर करते हैं बकवास नहीं करते हम शायर करते हैं बकवास नहीं करते ये दौरे अदावत है इस दौर में आए हमार भाई के लिए भाई बनवास नहीं करा भाई, भाई, भाई के लिए भाई बनवास नहीं करते वनवास नहीं करते वीरान है जो बसती आबाद तो होने दो ना नाशाद सभी चेहरों को शाद तो होने दो नाशाद सभी चेहरों को शाद तो होने दो हर रोज़ मनाए जश्न वतन लेकिन नफरत की गुलामी से आजाद तो होने किसी भी हाल में उसका शौर बोलेगा और जहां तिरंगे की अजमत प्या चु आएगी वतन का चाहने वाला जरूर बोले वतन का चाहने वाला जरूर बोलेगा हम अपने बच्चों से हम अपने बच्चों से नजरें मिला नहीं पाए हम अपने बच्चों से हम अपने बच्चों से नजरें मिला नहीं पाए खिलौना एक भी मेले से ला नहीं पाए खिलौना एक भी मेले से ला नहीं पाए ला नहीं पाए जहाँ मैसे जहाँ मजसे मोहब्बत की रोशनी फैले जहाँ मजसे जहाँ मिशसे महाबत की रोशनी फैले चराग ऐसा कोई हम जला नहीं पाए चरा ऐसा